इसलिए महत्वपूर्ण दिन दिन है है। क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद के का जन्म दिवस होता है। यह है पुरस्कार भारतीय खेल व युवा मामले मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और अभी खेल युवा मामले भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दोस्तों यह

उन्नीस से देना प्रारंभ किया गया था यह विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन से चार वर्ष तो वर्षों तक लगातार विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन के दौरान दिया जाता है इसमें पाँच लाख रुपए की राशि और अर्जुन की काश्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 29 अगस्त को यह दिया जाता है प्रथम बार छः खिलाड़ियों को दिया गया था दूसरा अवार्ड है अपना द्रोणाचार्य अवार्ड

द्रोणाचार्य पुरस्कार यह प्रारंभ 1985 से किया गया है इसमें विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों अर्थात कोच जो खेलों के खिलाड़ियों को सिखाते हैं उनको दिया जाता है विशिष्ट सेवा हेतु इसमें भी पाँच लाख रुपए दिए जाते हैं द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रशस्ति पत्र तथा यह भी उन्तीस अगस्त को दिया जाता है

प्रथम को दिया गया था बालचंद्र भास्कर भागवत बाल भारद्वाज बॉक्सिंग में ओम को एथलेटिक्स में अपना अगला खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार यह प्रारंभ किया गया था उन्नीस सौ इक्यानवे से खेलों में सहाने उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है यह इसमें विशिष्ट

एक सेवा एक मेडल होता है जो दिया जाता है इसकी राशि है साढ़े सात लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसके प्रथम विजेता है विश्वनाथ आनंद विश्वनाथ आनंद से आप सभी दोस्तों परिचित होंगे यह शतरंज के खिलाड़ी हैं और तो आप पाँच बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं चेस का और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल में दीपा मलिक को दिया गया था दो में

और अभी 2020 के अभी नए अपडेट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो मैं अपनी पीडीएफ बनाकर दे दे दूँगा उनतीस अगस्त को ये दिए जाएंगे उस तो उस दिन अनाउंस होते हैं नाम मैं आपको पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा आप बने रहिए हमारे जीके गुरु चैनल के साथ अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार इसका प्रारंभ दो, दो में किया गया था यह खेल के जीवन भर उपलब्धियों के लिए

मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देता है दोस्तों ये एक खेल में बहुत ही सालों तक अच्छा प्रदर्शन किए जाने पर उसके आधार पर दिया जाता है इसमें भी पाँच लाख रुपए मेजर मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं प्रथम विजेता हैं अशोक तिवारी हॉकी के लिए अपर्णा घोष बास्केटबॉल शाहूराज ब्रिजदार मुक्केबाजी के लिए यह सभी अवार्ड उनतीस अगस्त को दिए जाएंगे

दोबारा पुनः तो मैं आपको ये इसकी पीडीएफ डाल दूँगा तथा आप इनको देख लें यह इंडिया जी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है तथा 29 अगस्त को 29 अगस्त 2020 को नया अपडेट आ इन सभी के तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा और ये अपना चैनल है जीके गुरु इसको सब्सक्राइब कीजिए

लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो इसको फैला दो यार और आप जिस भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है तथा आपको बता देता हूँ मैं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं और मैं आपको वो उनतीस अगस्त को लिस्ट आते ही मैं आपको बता दूँगा जल्द ही

नाम अनाउंस हो रहे हैं इनके इनके नाम अनाउंस नॉमिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स